Subscribe our channel for spiritual mantra and हनुमत समस्त देव युवाचा, खी हनुमत्क प्रारंभ सम्मात्मने वैष्णवा कवचाच सौराणी यानी चाचुता देदेश तदा श्रुताचिदेना कवचं यदि कथ्यते ईश्वर उवाच शृणुदेव प्रवक्ष सवधावधारमकवचं पुण्य महापातकनाशन एक तत्ख्यतरम लोके शीघ्र सिद्धि जय प्रसाद लोकत्र भवशवक्त हनुमत्कवचमाला महामंत्र से वीररामचंद्र ऋषि अनस्त श्री महाबीर हनुम्रो द्रौं बीज्रे शक्ति मोहनाद राजी देवता देवतापश्या ब्रमराक्षाकि डाकि भूत बाधा श्री दिव्य माला मंत्र जपे प्रेतादी बाधापरहारा श्रीहनुमद्दिक्यमंत्रपे विनियग ओं भ्रौं आंजनेंगुष्ठाभ्याद्रमूर्तर्जनी नम ओं स्फ्रेम वायुपुत्रा मध्यमा नम ओं भ्रूं अंजनीसुताय अना स्प्रेमरावदूताय भ्रौं ब्रह्मस्त्रदापृा हृदय जिन्यासा ओं ह्रूं आंजनेमूर्त सरसे वाजपुत्राय ओं स्प्रेवाचपुत्रा शिखा ओं अंजनी अंजनीगर्भाय ओम कवचाजुं ओं सेमदूताय नेोषु ओं ह्रौं ब्रह्मास्त्राद निवार अस्त्राटु अथ ध्यान झाजेत्रेघनुम्तमेकादश मुखाबुज झात्त रावणोपेत दशबागू तृलोचन महाकार सदर्पैच कंपय्त जगत्रयम् ब्रमादिवित कोटिशम्बित जेदेवी कवचुत ओं इंद्र दिग्भागे गजारूढ़ हनुमते ब्रह्मास्त्रशक्ति सहिताज चोर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षसाकिडाकिेताटनाक्षरक्षस्वाहागे मेषारूढ़ुमते अतिसहिताय चौरविनी डाकनील समूहोच्चाटनाय रक्षरक्ष यम दिग्वागे महिषारूढ़ुमते दंडशक्तिसहिताय माँ रक्ष रक्ष ओम, से माँ रक्ष रक्ष ओम भागे खगशक्ति सहिताय चौरव्याघ्रिशाच ब्रह्म राक्षसाकिडाकिूहोच्चाटनाक्षण भागे प्राण शक्ति मकरारूढ़ुमतेणशक्ति सहिताय चौरव्य ब्रह्म राक्षसाकि डाकि भेद समूहोच्चाटनाय रक्ष स्वाहा ओम वायु भागे अंकुश अंकुशक्ति सहिताय चौर व्याघ्रिशाच ब्रह्म राक्षसाकि फेताक्षस्वाह ओं कुबेर दिग्भागे अश्वारू हनुमते गदाशक्ति सहिताय चौर व्याघ्रिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिेतालूहोच्चाटनाय रक्षरक्ष स्वाहा ओम ईशान भागे राक्षसारूढ़ हनुमते पर्वत शक्ति सहिताय हनुमते चौरव्याघ्रिज ब्रह्मसाकिाकिेमूहक्ष स्वाहाक्ष दिग्भागेघ्रभिम राक्षस शाकिेदोच्चाटनाक्षरक्षस्वाहां भूमि दिग्भागे वृश्चिकूढ़ुमते वज्रशक्ति चोर ओम वज्रशक्तिसहिताय चौरव्याघ्रिशा च्रह्म राक्षस शाकिाकि फेताटनाय रक्षस्वाहा ओं वज्रमंडल हमसारूढ़ुमते वज्रशक्तिसहिताय चौरव्याघ्रिशा च्रह्म राक्षस शाकिाकि फेताटनाक्ष दिगंध यम पराक्रमाजा एकार ओ ह्रीम यी यचंडक्रमा एक मेरे हमसकंध सर्पबंध सोलबंध वृश्चिकुष्ट मृगबंध गज बंध शादूलबंध भैरुबंध भूतबंध प्रेतबंध पिशाजबंध ज्वरबंध शूरबंध राज सभा राजबंध घोर विर प्रतापर उज्रय वज्रकुंडल कौपीन तुलसीधराग्रहोच्चाटनोच्चाटना ब्रह्म राक्षसमूहोच्चाटना जर समूहोच्चाटनाय राजूहोच्चाटनायरसमूहोच्चाटनाय शत्रुसमूहोच्चाटनायूहोच्चाटनाय रक्ष रक्ष स्वाहा ओं वीर हनुमते नम ओं नमो भगवते वीर हनुमते किरीट हनुमतेभूषण कनकयज्ञापीति कौपीन कलिूत्र विराजिता श्रीवीर राचंद्रमनोभिलंका दिदहन कारणा घनकुगिज्रदंडा अक्षय कुम संहार ओम ओं ओं नम भगवते रामदूताय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं ह्रौं हनुमते सीता रामदूताय